जो जीवन रूपी पिंजरा हमाओ तुमाओ खाली हो तो का दसा हो देखो अब अरे के पिंजरा भो खाली उड़ गए सुगा विनीता जी तुम भी आ जाओ अकेले अच्छे नहीं लगा हुआ के पिंजरा भो खाली उड़ गए सुगा मंगरे बोलते कहूगा सगौरी तो रे बोलत के कौया बोरी रहे आ रहे हैं सोलाल प्यारे सालों को तो सोलाल प्यार प्यार से, ए तो सो प्यार से। गए बना गए तो हार बना गए तो हार गाए? अरे छोड़ गए बाखर हवेली चाहे बकरी हो क्या हवेली देखो अरे छोड़ गए बाखर हवेली छोड़ गए बाखर हवेली बना वाले धनज सिंह जिला पंचायत सदस्य महोदय आप बहुत स्वागत है, है। और दो शब्द तो जरूर हम सबके बीच में कहेंगे और इसके बाद जवाबी गीत और जवाबी राय हमारे उद्घोषित महोदय जी और जिला सदस्य महोदय जी और जोरदार तालियों के साथ स्वागत